ओम तो मनुज्व मारुतुलल्यगम जितेद्रिय बुद्धिमतांषम वातात्मज बानरयूथ्य मुख्यम श्रीरामदूत शरण प्रपदे हनुमान जी महाराज के श्री चरणों की वंदना करते हुए मैं ज्योतिर्विदा का दैनिक राशि पर आधारित है आज का पंचांग दृष्टि डाल लेते हैं विक्रम संबंध दो हजार छिहत्तर शख्स उन्नीस सौ इकतालीस फाल्गुन मास है और आज जो तिथि रहेगी शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि रहेगी द्वितीय तिथि को दर्शकों कटेरी का सेवन नहीं करना चाहिए कटहल नहीं खाना चाहिए हा पुराण में स्पष्ट रूप से इसकी मनाही है साथ ही साथ दर्शकों मंगलवार दिन रहेगा तो जो लोग व्रत रहते हैं इन लोगों को बहुत बहुत बधाई आप लोग व्रत रहिएगा बिना नमक के जो है आपके जो है सेवन के व्रत रहें तो बेहतर रहेगा सूर्योदय की बात करें तो प्रातः छः बजकर अड़तीस मिनट पर सूर्योदय होगा और सूर्यास्त होगा शाम को छः बजे उत्तरायण चल रहा है दर्शकों और नक्षत्र जो रहेगा ये रहेगा पूर्व भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद करण की बात करें तो बालो और कौलो करण रहेगा वही सिद्ध और साध्य योग के साथ आज जो अभिजीत मुहूर्त रहेगा जिसमें आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं तो ग्यारह बजकर तिरपन मिनट से लेकर के और बारह बजकर उनतालीस मिनट तक का जो समय रहेगा ये अभिजीत मुहूर्त का रहेगा साथ ही साथ दर्शकों अशुभ समय पर आ जाते हैं विशेषकर का राहु काल पर तो दोपहर तीन बजकर 10 मिनट से चार बजकर 35 मिनट का समय जो रहेगा ये राहुकाल का रहेगा चंद्रदेव जो चलायमान रहेंगे दोपहर बारह बजकर 27 मिनट तक तो कुंभ राशि में रहेंगे इसके बाद ये मीन राशि में संचरण करेंगे वहीं सूर्यदेव कुंभ राशि में चलायमान रहेंगे मंगलवार दिन और दिशा की बात करें तो उत्तर दिशा की ओर आज होता है उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से आज आप लोगों को बचना चाहिए उत्तर दिशा की ओर यात्राएं मत करिएगा लेकिन यदि करना पड़ जाए तो गुड़ का सेवन करके आप लोग यात्रा कर सकते हैं और पहले दक्षिण दिशा की ओर चार पट चलिएगा तद उपरांत आप लोग उत्तर दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो बेहतर रहेगा तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के जीवन में क्या नवीन सवेरा आज का दिन लेकर क्या आया इस पर चलिए हम चर्चा करते हैं राशिफल में जो हमारी पहली राशि आती है आती है मेष राशि तो मेष राशि के जातकों आज आपका दिन काफ़ी अच्छा रहेगा आज माता पिता के साथ धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं घर में नए मेहमान के आने की संभावना है आज आप लोगों के घर और परिवार का वातावरण खुशियों भरा रहेगा जीवन साथी के साथ सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा किसी मित्र के साथ आज आप लोग कहीं घूमने के लिए प्लानिंग बाहर कर सकते हैं किसी नए प्रेम की दस्तक आज आपके जीवन में हो सकती है साथ ही साथ कार्यक्षेत्र पर आज आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिलने से आपका मन बड़ा शांत रहेगा और धन लाभ होने से भी आप बड़े खुश रहेंगे बड़े प्रसन्न रहेंगे कामकाज में और दैनिक जीवन में आज व्यस्तता ज़्यादा रहेगी उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो हनुमान अष्टक आज आप लोग पाठ करिएगा साथ ही साथ आज मंदिर में दूध का दान करेंगे जिससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक देखिए दर्शकों वृषभ राशि पर आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को बता दें 28 और 29 मार्च हमारा मुंबई आगमन हो रहा है तो जो भी दर्शक मुंबई या इसके आसपास के क्षेत्र से है वो लोग हमसे जो है जुड़ सकते हैं आप लोग हमारे नंबर पर जो स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर इस पर WhatsApp के माध्यम से मैसेज प्रेषित करके प्रोसीजर डाल सकते हैं अपॉइंटमेंट का वृषभ राशि के जात आज आपका दिन अनुकूल रहेगा घर परिवार में किसी मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी अध्ययन के प्रति विद्यार्थियों की रुचि बढ़ेगी और आज आप लोग सफलता प्राप्त होगी नियमित योग करने से आज आप लोग बहुत ज़्यादा फिट रहेंगे स्वास्थ्य लाभ से जुड़े हुए सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे देखिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता यदि आपका हेल्थ है तो उससे बड़ा कोई धन नहीं है साथ ही साथ वृषभ राशि के जातको आज सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी ऑफिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी आज आपको मिल सकती है नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति मिलने का योग बन रहा है हनुमान चालीसा का आज आप लोगों को पाठ करने के सितारे सलाह दे रहे हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छी राशि हमारी अगली राशि आती है मिथुन राशि मिथुन राशि के जातको आज का दिन मिला जुला रहने वाला है आज आप लोग अपनी ऊर्जा से थोड़ा सा पीछे हटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मतलब आपके अंदर जो पराक्रम है वो आज आप लोग नहीं दिखा दिखा पाएंगे चाहे वो आपका घर परिवार हो चाहे वो कार्य क्षेत्र हो चाहे मित्रों के साथ हो खास करके जो मिथुन राशि के जातक सरकारी कर्मचारी हैं इनको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आपको मेहनत के हिसाब से फल की यथेष्ट फल की प्राप्ति होगी और व्यापार के सिलसिले में आज लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है व्यापार के सिलसिले में की गई यात्राएं आपके लिए लाभदायक सिद्ध होती हुई दिखाई पड़ रही है बिजनेस में अनुभवी लोगों की सलाह लेकर के आगे बढ़ेंगे तो सदैव हितकर रहेंगे उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज के दिन आप लोग प्रयास करिएगा कि आप लोगों के ऊपर देखिए सनी की ढैया चल रही पहली चीज तो सुंदरकांड का आप लोग पाठ करिए और पंछियों को आज आपको दाना डालना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन कर्क राशि की ओर आगे बढ़ते हैं कर्क राशि के जात को आज आपका दिन मिलाजुला रहेगा कारोबार संबंधी यात्राओं के योग बन रहे हैं और आज आपको धन संबंधी लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है साथ ही साथ किसी काम की गति आज आपके धीमी हो सकती है और आप किसी आज परेशानी में मुसीबत में भी आप लोग पढ़ सकते हैं जीवन साथी के साथ आज आपके संबंध और रिश्ते काफ़ी बेहतर रहेंगे दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने का आज आप लोग प्रोग्राम बना सकते हैं और किसी के प्रति अपनी राय अपने तक ही रखें तो ठीक रहेगा तली भुनी चीज़ों को एवॉइड करिएगा इससे आपके सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है उपाय के तौर पर आज बंदरों को आप लोग केला खिलाइए साथ ही साथ हनुमान चालीसा का आप लोग पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक पाँच सिंह राशि की ओर बढ़ते हैं हमारी अगली राशि आती सिंह राशि के जातकों आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा जीवन साथी की बेहतर सलाह से आज आपको पैसे कमाने का नया जरिया प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और आज किसी नए प्रेम की दस्तक आपके जीवन में हो सकती है अविवाहित युवकों के लिए विवाह का कोई प्रस्ताव आ सकता है और क्रोध मत करिएगा क्योंकि आज के दिन अत्यधिक क्रोध आपके कई कार्यों को बिगाड़ सकता है तो आपका बना हुआ काम बिगाड़ता हुआ आज के दिन दिखाई पड़ रहा है तो गुस्से पर पूर्ण रूप से आज आपको नियंत्रण करने के सितारे सलाह दे रहे हैं जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से आपको बचना होगा रोजगार के सुअवसर प्राप्त होंगे हनुमान जी को एक मीठा पान आप लोग चढ़ा दीजिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा साथ कन्या राशि के जातकों आज आपका दिन देखिए उत्तम रहेगा कोई जरूरी घरेलू काम निपटाने में आज, आज आप सफल रहेंगे लवमिट को आज कोई आप लोग सरप्राइज देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं रुके हुए धन की प्राप्ति होगी कार्य क्षमता के बल पर आज आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे धन से जुड़ी हुई चिंताएं आज आपकी दूर होती हुई दिखाई पड़ रही हैं साथ ही साथ आज के दिन माता पिता के सहयोग से अपने जीवन में कुछ नया चीज हासिल करते हुए दिखाई रहे हैं उपागत तौर पर करना क्या रहेगा तो बेसन का मिष्ठान आज आप लोगों को गाय को खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा छह तुला राशि के जातकों आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा और आपको जो है मित्रों से कुछ बेहतर सलाह प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है आपके सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है और आज आपके काम में मन लगेगा आज आपको किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचने के सितारे सलाह दे रहे हैं जरूरतमंद लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाएंगे तो बेहतर रहेगा किसी भी तरह के बड़े निवेश में किसी अनुभवी की सलाह लेना बेहतर रहेगा और आज जो छात्र हैं स्टूडेंट्स वर्ग हैं इनको अत्यधिक मेहनत करने के सितारे सलाह दे रहे हैं उपाय के तौर पर आज नमा का सेवन मत करिएगा उपवास रखिएगा साथ ही साथ हनुमान चालसा का आज आपको करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन वृश्चिक राशि की ओर बढ़ते हैं वृश्चिक राशि के जातकों देखिए आज आपका दिन अनुकूल रहेगा और व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से जो है आज काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं घर परिवार का वातावरण शांतिदायक बना रहेगा साथ ही साथ आध्यात्मिकता की ओर आज आपका रुझान बढ़ेगा कोर्ट कचहरी के भी मामलों में आज आपको विजय प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है साथ ही साथ कैरियर में आज आपको कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट बड़ी सफलता मिल सकती है वृश्चिक राशि के जात को देखिए आज उच्चाधिकारियों का आप लोगों को बहुत अच्छा साथ मिलेगा सपोर्ट मिलेगा उपाय के तौर पर आज के दिन को शुभ बनाने के लिए करना क्या रहेगा तो हनुमान बड़वानल स्त्रोत का पाठ करिएगा साथ ही साथ आज हनुमान जी को आप लोग बूंदी के जो लड्डू होते हैं इनका भोग लगाइएगा हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे और आप लोगों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि जरूर रखेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक छः अगली राशि हमारी आती है ये आती सेजिटेरियस अर्थात धनुराशि धनुराशि के धनु जात को आज आपका दिन शानदार रहेगा जानदार रहेगा साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा उन्हें काम से जुड़ी हुई कोई गुड न्यूज़ कोई खुशखबरी मिल सकती है सही योजना के तहत आज आप अपने कैरियर में बदलाव ला पाने में सफल होंगे आज कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने में आप लोग सक्षम होंगे जीवन साथी के साथ कहीं बाहर जाने का आज आप लोगों का प्रोग्राम बन सकता है आपके रिश्तों में मिठास आएगी घर परिवार का वातावरण खुशनुमा रहेगा और आज आप लोगों की मदद करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जो लोग प्रिंट मीडिया से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित काम करते हैं उन्हें लाभ के सुअवसर प्राप्त होंगे जरूरतमंदों को आज भोजन कराइएगा और कोशिश कीजिएगा कि आज आप लोग नमक का सेवन मत करिएगा उपवास रखिएगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ कैप्री मकर राशि मकर राशि के जातकों देखिए आज जो मंगलवार का दिन रहेगा आर्थिक रूप से आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा सगे संबंधियों की आज, आज आपको मदद मिलेगी कैरियर में आज, आज आपको अपने टीचर्स का सहयोग प्राप्त हो सकता है सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए आज के दिन योग और प्राणायाम का सहारा यहां पर आप लोग ले सकते हैं परिवार वालों के साथ आज, आज आपका जो है संबंध काफी सामंजस्य भरा रहेगा साथ ही साथ कामकाज की अधिकता से थोड़ा सा मन में आपके हेडिटेशन चुड़चिड़ाहट आ सकती है जीवन साथी के साथ आज आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं जो लोग अकेले हैं सिंगल हैं इनके जीवन में किसी नए प्रेम की दस्तक भी हो सकती है उपाय के तौर पर हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का एक चोला दे दीजिएगा और सिंदूर आप लोग आज हनुमान जी को जरूर चढ़ाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है एक्वाइट कुंभ राशि कुंभ राशि के जातकों आज आपका दिन उत्तम रहेगा आज आपको किसी से कोई गिफ्ट मिल सकता है उपहार मिल सकता है साथ ही साथ आज कोर्ट कचहरी से रिलेटेड किसी मामले में आपके पक्ष में फैसला आ सकता है मन में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा दांपत्य जीवन में आपसी संबंध बेहतर रहेगा विवाह योग्य स्त्री या पुरुष को आज जो है विवाह के बंधन में बंधने का मौका मिलेगा साथ ही साथ जो लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके आज पेपर काफ़ी अच्छे होंगे आज आपके माता पिता आपको कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट इत्यादि दे सकते हैं बिजनेस के सिलसिले में कहीं दूरी लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है आज के दिन करना क्या रहेगा तो नमक वाइट करिए आप लोग साथ ही साथ हनुमान चालीसा का ग्यारह पाठ आपको करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ब्राउन और ब्राउन के साथ साथ नीला रंग भी आपके लिए शुभ रहेगा शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक चार अंतिम राशि पर बढ़ते हमारी अंतिम राशि आती है ये आती है पाइसेस अर्थात मीन राशि मीन राशि के जातकों आज आपका दिन बढ़िया रहेगा आपके अंदर आत्मविश्वास की अधिकता हो सकती है ओवर कॉन्फिडेंस मत होइएगा देखिए अति सर्वत्र वर्जहित तो आत्मविश्वास की अधिकता रहेगी नौकरी पेशा लोगों को तरक्की के तमाम अवसर प्राप्त होंगे परिवार के साथ धार्मिक यात्राओं की योजना बना सकते हैं और व्यापार में आज आपको मुनाफा हो सकता है दांपत्य जीवन में सलाह मसूरे से आज आपकी समझ बढ़ेगी आज आपका स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा छात्रों को उनके विषय में चली आ रही जो परेशानी थी उसका हल प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज के दिन आप लोग बहुत ज्यादा स्फूर्तिवान रहेंगे तरोताजा रहेंगे उच्चाधिकारियों का साथ मिलेगा स्थान परिवर्तन होने के योग भी बन रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो ओम हन हनुमते रुद्रात्म काय हु इस मंत्र को 108 बार उच्चारण करना है जाप करना है मंत्र आप लोग एक बार पुनः सुन लीजिए ओम हन हनुमत रुद्रात्मकाय फट इस मंत्र का 108 बार आप लोग जाप करिए और हो सके तो हनुमान जी महाराज को गुलाब के फूलों की एक माला आप लोग अर्पित करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक तो मे से मीन राशि के जात को कैसा लगा हमारे राशिफल हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना हुआ बेलाइकन दबाइए अट्ठाइस और उनतीस मार्च को आप लोग हमसे मुंबई में मिल सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए राम राम